समझ में नहीं आ रहा है है? है। क्या हो रहा रहा और एक तो गलत सिग्नल दिखा के सब गड़बड़ कर है। अरे हाँ यार में मैंने ऐसे ही देखा था वहां भी ऐसे ही हो रहा था लेकिन ये होता क्यों है अरे आते रेडियो पर सुना था जब कभी ऐसा होता है तब सप्लाई से कोई ज्यादा करंट खींचा करंट